पल पल सटावे यखिया जहरिया पिया पल पल सटावे यखिया जहरिया पिया जुदाई रे ना तिया वे ना मु जुदा रे